एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा इस संसार में सबसे सबसे अधिक अधिक सुखी कौन? अब कोई कहेगा, वो व्यक्ति जो सबसे अधिक धनी है जिसके पास सबसे अधिक धन है, आभूषण है स्वर्ण है कोई कहेगा किसी राज्य का राजा क्योंकि वो शासन कर पाता है उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता आदि इत्यादि इसका उत्तर यदि मैं दू मैं इतना ही कहूंगा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है। उसके पास संतुष्टि रूपी धन है जो उसको सुखी रखता है अब यह संतुष्टि ये कैसे आती है जीवन में ये आती है धैर्य की कार्य धैर्य ये भाव अत्यंत शक्तिशाली ये धैर्य ही है जो हमारी धरती को धरती माता बनाता है क्योंकि ये धरती माता धारण करती सहती, धैर्य रखती है और अपना कर्म करती जाती है। ये धैर्य ही था माता सीता में जो रावण का संत हुआ ये धैर्य ही था जो नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया एक बड़े से पर्वत को अपने ऊपर धारण किया और समुद्र मंथन संभव करवाया लिए सर्वप्रथम धैर्य को अपने मन में लाएगा यही धैर्य आपको संतुष्टि की ओर ले जाएगा और यही संतुष्टि आपको लोभ मोह लालच से दूर ले जाएगी सुख की ओर और।, और तब यह मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मनुष्य सदैव बड़ा मनुष्य बनना चाहता है सदैव इसी की कल्पना करता है प्रश्न ये है कि मनुष्य बड़ा कब बनता है जब वो धनी बन जाए जब उसके पास अधिक मान वो अधिक रूपवान या अधिक शक्तिशाली मनुष्य बड़ा मनुष्य कब बनता है जब संकट के समय वो किसी के साथ खड़ा रहे तो सर्वप्रथम ये सीखें। कदाचित इसीलिए हनुमान राम के लिए इतने बड़े कदाचित इसीलिए बलराम दाऊ मेरे लिए इतने बड़े यदि आप भी जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो किसी के साथ उसके दुख के समय में उसके संकट के समय में उसका साथ निभाइए उसके साथ खड़े